हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज टाइम चैनल और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बाथी मूवी को जो कि हाल ही में रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों ऐसी जो की पढ़ाई में काफी कमजोर थे वो एक वीडियो शॉप में जाते हैं जहाँ पर उन्हें ढेर सारी कैसेट मिलती है और उन्हें चलाने पर उन्हें पता चलता है एक ऐसे सर के बारे में जो कि उन्हें काफी अच्छे से समझा रहा होता है दरअसल वो एक मैथ्स का टीचर होता है और वो इनके काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है और उसी कैसेट पर एक एड्रेस भी लिखा हुआ था जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है की ये एड्रेस दरअसल में एक आई का है जिनका नाम ए कुमार होता है यहाँ पर वो लोग उस आई एस उस टीचर के बारे में पूछने लगते हैं की आखिर वो कौन है तब ए कुमार उन्हें उस टीचर की स्टोरी सुनाता है जिनका नाम बाला होता है और कहानी 90s में पहुंच जाती है तो 90s में कुछ अमीर आदमी पहले ही समझ चुके थे कि एजुकेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस साबित होगा इसलिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल का निर्माण करवाया और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्होंने फीस भी बढ़ा दी और उसी समय आरोप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कूल को ठीक ऐसी नहीं चला पाए और गवर्नमेंट तो टीचर को ठीक ऐसी सैलरी भी नहीं दे पा रही थी ऐसे में टीचर्स भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे और इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल बंद होने लगे और अब पुअर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई एक सपना बन गई कई बार प्रोटेस्ट भी किए गए लेकिन कुछ नहीं बदला और फिर इंट्री होती है श्रीनिवास त्रुपति नाम के शख्स के जिसके पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स हैं तब उसने गवर्नमेंट के साथ मिल के एक योजना बना और ऐलान किया कि सारे गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के साथ ही चलाए जाएंगे पर कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को दिक्कत थी पर श्रीनिवास उन्हें समझाता है की कुछ नहीं बदलेगा क्यूँकी हम गवर्नमेंट स्कूल में थर्ड क्लास टीचर भेजेंगे तो इस तरह से हम पढ़ाई को एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में बदल देंगे जिसके बाद कुछ टीचर्स को असेंबली में बुलाया जाता है जिन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता है श्रीनिवास तो उन सभी को जॉब देता है और अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में भेज देता है और यहीं पर हम बालागन नाम के एक मैथ्स टीचर को देख पाते हैं जो कि एक जीनियस बंदा था हालांकि श्रीनिवास इस बात से वाकिफ नहीं था कि वो एक जीनियस है श्रीनिवास उन सभी से कहता है कि अगर उन सभी ने ठीक से काम किया तो उन्हें रिवार्ड मिलेगा तो बालामुर्गन उनसे कहता है की आकर उन्हें किस तरह का रिवार्ड मिलेगा तो यहाँ पर श्रीनिवास उनसे कहता है की अगर तुम्हारे सब्जेक्ट के सारे स्टूडेंट पास हो गए तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा जिसके बाद सारे टीचर्स को अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं बाला मुरगन के साथ दो और टीचर्स को जो कि फिजिक्स और केमेस्ट्री के थे ये लोग एक गांव में पदारते हैं जहाँ पर कि इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है इस गाँव के सरपंच के साथ साथ बहुत सारी भीड़ भी थी और इसी स्कूल में मीनाक्षी नाम की एक टीचर भी थी जो की इस स्कूल में सालों से पढ़ा रही है लोग आते हैं चले जाते हैं लेकिन मीनाक्षी यही पर रहकर कई सालों ऐसी पढ़ा रही होती है बालामुर्गन को काफी खुशी होती है की क्लास में ढेर साल बच्चे होते हैं और मीनाक्षी उन सभी को पढ़ा रही है बाला भी यही सोचता है कि अगले दिन से इन बच्चों को उसे भी पढ़ाने का मौका मिलेगा अब रात को हम बालागन के साथ के दो और टीचर्स को देखते हैं जो कि छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते हैं और इस बार वो इस बात पर झगड़ रहे हैं कि आखिर मीनाक्षी किसकी है अब अगले दिन बाला मुर्गन खुशी खुशी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल निकलता है लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं थे तब मीनाक्षी बाला को बताती है कि कल जो हुआ था वो महज एक ड्रामा था और सरपंच के कहने पर वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे कल से यहाँ पर कोई भी नहीं दिखने वाला है साथ में वो कहती है कि यहाँ पर ऐसा ही होता है टीचर्स आते हैं और यहाँ का माहौल देखकर चले जाते हैं तुम भी चले जाओगे जिस पर कि बाला उससे कहता है कि वो वादा करता है कि एक हफ्ते के अंदर वो सारे बच्चों को क्लास में ला कर रहेगा अब स्कूल में बच्चे नहीं थे और फिजिक्स और केमेस्ट्री के टीचर्स के पास कोई और काम भी नहीं था इसलिए वो मीनाक्षी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देते हैं वो बारी बारी से मीनाक्षी को प्रपोज करते हैं लेकिन मीनाक्षी को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है इसलिए हमेशा वो उन्हें रिजेक्ट करती रहती है यहाँ दूसरी तरफ बाला गांव में उन सारे बच्चों के घर पहुंच जाता है जो कि स्कूल में पढ़ते है और वो स्कूल क्यों नहीं आई ये वजह को जानने लगता है लेकिन उसे पता चलता है की कई सारे बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आते हैं क्यूँकी उन्हें काम पर जाना पड़ता है और पैसे कमाने होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं दरअसल गांव वालों की सोच ये है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है उन्हें बस पैसे कमाने हैं तो पैसे तो वो काम कर कर भी कमा सकते हैं ये सारी बातें जानकर वो सरपंच के पास पहुँचता है और गाँव के सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाता है यहाँ पर सभी लोग अगले दिन पहुँच जाते हैं तब बाला उन सभी को एजुकेशन का मतलब बताता है वो कहता है की पैसे शराब बेच भी कमाए जा सकते हैं लेकिन इज्जत एजुकेशन से ही कमाया जा सकती है वो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के जीवन परिचय सामने रखता है और उनकी लाइफ स्टाइल को बताता है कि वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से उन लोगों ने पढ़ाई की उन बड़े बड़े लोगों की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी लेकिन पढ़ाई के दम पर वो बड़े आदमी बने जिसके बाद गाँव के लोग बच्चों को अगले दिन ऐसी स्कूल भेजने के लिए मान जाते हैं और यहाँ पर मीनाक्षी बाला से थैंक यू कहती है साथ में बहुत कहती है की तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया ऐसा पहले आज तक किसी ने भी नहीं किया है लेकिन साथ ही वो उससे एक और बात कहती है और फिर अगले ही दिन से बच्चों का आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके गांव के सारे बच्चे स्कूल आने लगते हैं और पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मीनाक्षी बाला से हाथ मिलाते हुए थैंक यू कहती है और मीनाक्षी ने आज तक किसी भी टीचर ऐसी हाथ नहीं मिलाया है दरअसल मीनाक्षी को ऐसा लग रहा था की कोई भी स्टूडेंट नहीं आने वाला लेकिन गाँव के सारे बच्चे आ चुके थे और वो काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे थे क्यूँकी बाला सर उन्हें काफी अच्छे से पढ़ा रहे हो हैं। और मीनाक्षी बायोलॉजी की टीचर होती है वो भी बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ाती है और मीनाक्षी अब बाला को पसंद करने लगी थी अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, जिसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर बच्चों को पढ़ाना बंद करके गांव छोड़कर चले जाते हैं इसलिए ना चाहते हुए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी बाला को ही रहनी पड़ती है दरअसल बाला सारे सब्जेक्ट में तेज होते हैं सिवाय इंग्लिश के बाला उन्हें बिना भेदभाव के पढ़ाता है और उन्हें भी भेदभाव न करने का एक सबक भी सिखाता है तो सारे बच्चे काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं और कुछ दिन बाद एग्जाम होते हैं और सारे बच्चे पास हो चुके थे इसलिए गांव के सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं सभी लोग बहुत खुश थे और फिर तभी यहां पर एंट्री होती है श्रीनिवास की जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था वो यहां पर बाला के पास आता है और उसे खूब चिल्लाता है वो उससे कहता है कि प्राइवेट स्कूल में लोग सिर्फ सेवेंटी परसेंट पास हुए हैं लेकिन इस स्कूल में हंड्रेड पास हुए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़ इस गवर्नमेंट स्कूल में चलकर आ जाएंगे जिससे उसका बिजनेस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर बाला जाता है कि श्रीनिवास को यहाँ के बच्चों से कोई भी लेना देना नहीं है सिर्फ उसे पैसे कमाने हैं और ये उसका बिजनेस है साथ ही श्रीनिवास यहाँ पर बाला को प्राइवेट स्कूल में एक जॉब भी ऑफर करता है जिसकी पेमेंट एक लाख रुपए महीने होने वाली थी श्रीनिवास यहाँ पर बाला को धमकी भी देता है और उससे कहता है की इन बच्चों का कुछ नहीं होने वाला जिस पर बाला को गुस्सा आ जाता है और वो श्रीनिवास ऐसी कहता है कि वो यहीं पर पढ़ाएगा और अब वो देखता जाए क्योंकि ये बच्चे अब स्टेट में टॉप करने वाले हैं इन बातों का श्रीनिवास के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है और उस योजना के अंतर्गत जिन टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा था उन सभी को निरस्त करवा देता है और इन टीचर्स में हमारा बाला भी शामिल था बाला समझ जाता है की ये सब कुछ उसी के वजह ऐसी हो रहा है लेकिन वो बच्चों को पढ़ाना नहीं रोक सकता था इसलिए वो एक छोटे से खेत में एक छोटी सी झोपड़ी लगा उन सारे बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर देता है लेकिन श्रीनिवास को ये भी नहीं देखा गया और वो अपने गुंडों को वहां पर भेज देता है जहाँ पर उस खेत की झोपड़ी को तोड़कर वहाँ की सारी चीजों को तोड़फोड़ कर दिया जाता है जिसके बाद वो बाला को मारने लगते हैं लेकिन यहाँ पर बाला को गुस्सा आ जाता है और उन सभी को बेरहमी से मारता है लेकिन इस मारा पीटी के चक्कर में बाला को जेल हो जाती है और यहाँ पर उसने उन पुलिस वालों पर भी हाथ उठा दिया था इसलिए उसे जेल में काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और काफी ज्यादा मारा जाता है ये सारी बातें जब स्टूडेंट को पता चलती है तो वो दौड़ते हुए आते हैं जहाँ पर बाला को उसके घर बहुत ही बुरी हालत में छोड़ दिया था और साथ ही उसे गाँव से निकालने का हुक्म भी दे दिया गया था जिसके बाद बाला अपने घर आ चुका था वो अपने पिता से बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है जिसके बाद बाला ने कई जगह पर जॉब लेने की कोशिश की लेकिन कहीं से भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए क्योंकि उसने श्रीनिवास से पंगा ले लिया था वहां दूसरी तरफ मीनाक्षी का भी बहुत बुरा हाल था क्योंकि अब स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा था क्योंकि बाला नहीं आ रहे थे यहाँ पर मीनाक्षी काफी ज्यादा रोती भी है क्योंकि वो बाला को पसंद करने लगी थी इसलिए वो एक दिन बाला के पास आई और वो उससे वापिस चलने को कहती है लेकिन यहाँ पर बाला उससे कहता है कि गांव से उसे निकाल दिया गया है वो वापस गांव में नहीं जा सकता है तो मीनाक्षी उससे कहती है कि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनका फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद बाला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीनाक्षी से कहता है की अगर वो गाँव नहीं जा सकता है तो क्या हुआ वो यहीं से बच्चों को बालासन ने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी सारी वीडियोस बना ली और उन बच्चों तक पहुंचा दी बच्चों ने उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से देखे और अच्छे से पढ़ाई की ऐसा कई दिनों तक चलता रहा बाला उन्हें वीडियो के माध्यम से पढ़ाता रहा और बच्चे अपनी फुल ईमानदारी के साथ पढ़ते रहे लेकिन अब ये बात श्रीनिवास को मालूम चल चुकी थी और कुछ दिनों के बाद एग्जाम भी था श्रीनिवास समझ जाता है की ये बच्चे फिर से टॉप करने वाले है और जिस दिन एग्जाम था बच्चों का और वो जिस बस से जाने वाले थे श्रीनिवास उस बस में अपने गुंडे भेज देता है वहां जाकर वो गुंडे उस बस में घुस जाते हैं और यहाँ पर उन बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी इंट्री होती है बाला सर की और वो यहाँ पर उन गुंडों को धूल चटा देते हैं लेकिन आगे हम देखते हैं की उनमें से एक गुंडे ने फ्यूल टैंक से छेड़छाड़ कर दी थी इसलिए अब वो बस आगे नहीं जा सकती थी ये सभी लोग उदास होकर बैठ जाते हैं लेकिन तभी पीछे से ढेर सारी बैलगाड़ी आ जाती है और वो इन सारे बच्चों को स्कूल सेंटर तक आसानी से पहुंचा देती है जिसके बाद सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ जाता है बच्चे सारे घबराए हुए थे और जब रिजल्ट उन्हें पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी रैंक स्टेट में 50 से सबकी नीचे थी और उन्हीं बच्चों में ए एम कुमार का एक लड़का था जिसकी फर्स्ट रैंक लगी थी जो कि एक अंडररेटेड बॉय था उसके माता पिता नहीं थे इसलिए वो हमेशा बालासर के साथ रहा करता था बालासर उसे मारा करते थे क्योंकि उसकी गलत संगत थी ए एम कुमार का नाम मुथ्थु होता है और मुथु ही हमें स्टोरी सुना रहा होता है और अब वो प्रेजेंट में आई बन चुका है बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही साथ बालासर भी बहुत ज्यादा खुश थे इसलिए वो ढेर सारे नरियल तोड़ते है लेकिन अब आगे की पढ़ाई मुश्किल थी क्यूँकी अब आगे बहुत सारा पैसा लगने वाला था इसलिए श्रीनिवास सारे बच्चों के घर पहुंच जाता है और उन्हें अच्छी अच्छी डील देता है वो किसी से कहता है कि वो किसी के कर्जे चुकवा देगा तो किसी की जमीन वापस करवा देगा और किसी को विदेश भिजवा देगा बस उन्हें ये करना होगा कि उन्हें सब को ये बताना होगा कि वो जो पढ़े हैं वो मेरी कोचिंग से पढ़े जिस पर कि सारे बच्चे साइन कर देते हैं और दरअसल ये साइन बाला सर के कहने पर ही उन्होंने किए थे दरअसल बाला सर ने उन्हें ये बात पहले ही बता दी थी कि जब तुम लोग टॉप करोगे तो श्रीनिवास तुम्हारे पास आएगा और हमें साइन करना है क्योंकि हमें एजुकेशन लेना है बिजनेस ऐसी हमें कोई मतलब नहीं है साइन करने पर हमारी हार नहीं होगी बल्कि हमारी जीत ही होगी क्योंकि हमने हमारे दम आरोप टॉप किया है श्रीनिवास जितने वादे करता है करने दो हमें सिर्फ पढ़ाई करना है और बड़ा आदमी बनना है तब हम उन सभी लोगों की मदद करेंगे जो कि ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और आखिर में हमें बाला सर को दिखाया जाता है जो कि काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वो अभी भी यही काम करते हैं वो गरीब बच्चों को सड़क से उठाते हैं और उन्हें एजुकेशन दिलवाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है